आज बात करते हैं इंडियाज फैशन इकॉमर्स प्लेटफॉर्म कंपनी के बारे में जिसको हो सकता है आप थोड़ा बहुत जानते हो या बहुत अच्छे से जानते हो बट आज जो मैं बताने जा रहा हूं ना वो डेफिनेटली आपको नहीं पता होगा और इसको सुनने के बाद ना हो सकता है आपको थोड़ी सी हैरानी भी हो राइट सो so अगर टाइटल की बात करें तो अमेजिंग फैक्ट ओवर मिंत्रा कंपनी वीडियो करने से पहले माइ निज्जल हो सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस देखते होंगे देखना भी लाता रहता हूं जिससे आपकी नॉलेज डेली बेसिस पे बूस्ट हो एंड अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेकिन इंपोर्टेंट वीडियो मिस ना हो एंड आप इस वीडियो को लाइक कर दे तब तक के लिए हम चलते हैं पहली चीज हम मिंत्रा के बारे में क्या जानते हैं करता है फैशन प्रोमोट करता है क्लॉथिंग प्रोमोट करता है इट, बट एक्चुअल में इन 2007 मिंत्रा स्टार्टेड एज अ प्लेटफॉर्म टू सेल देयर पर्सनलाइज्ड गिफ्ट आइटम्स अंडरस्टैंड कर रहे हो कि गिफ्ट आइटम्स को सेल आउट करने के लिए उसने प्लेटफॉर्म बनाया था जिसका नाम दिया था मिंत्रा दूसरी चीज इन टू जब मिंत्रा कंपनी ने अपने मार्केट में अच्छी खासी रेपुटेशन बना ली थी तभी फ्लिपकार्ट वालों ने 280 मिलियन देके के मिंत्रा कंपनी को खरीद लिया एंड अभी करेंटली मिंत्रा फ्लिपकार्ट के अंडर वर्क कर रही है एंड अगर आप इस जगह होते तो क्या आप अपनी कंपनी को बेच देते हैं कमेंट करके जरूर बताना तीसरी चीज वर्ल्ड का सबसे पहला डिजिटल फैशन रियलिटी शो मिंत्रा ने स्टार्ट किया था और इसका नाम मिंत्रा फैशन सुपरस्टार था और ये 2019 में लॉन्च किया गया था मिंत्रा के ऐप पे चौथी चीज आप जबोंग के बारे में जानते हो कहीं ना कहीं आपने पहले सुना होगा बट अब वो एकदम से खत्म हो गई है ना अब कहीं भी बिल्कुल भी नाम निशान नहीं बचा वो इसीलिए क्योंकि जब मिंत्रा को पता चला कि Jabong.com तो तो तो ने खरीद लिया ताकि वो ज्यादा आगे बढ़ना पाए और मैं ही इंडिया की लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनी रहा हूं एंड लाइक ये बात सही है कोई भी छोटी कंपनी को बड़ी कंपनी कर लेती है अगर उसको कुछ नहीं समझ आता है तो पांचवी चीज पूमा कंपनी ने इसको अवॉर्ड तक दिया हुआ सेल निकाली थी मिंत्रा कंपनी से अपने प्रोडक्ट पे जिससे उसने टाइटल दिया बेस्ट ई कॉमर्स पार्टनरशिप ऑफ दर छठवी चीज जब यह कंपनी न्यू न्यू आई थी लाइक टू थाउजेंड से टू थाउजेंड टेन तक आपने सुना भी होगा इसके रिगार्डिंग है ना और ये बहुत आगे तक चला जिसकी वजह से कंपनी की बहुत ज़्यादा बूम पे ग्रोथ हुई समझना उन्होंने क्या निकाला था कि डोर स्टेप यानी कि अगर आप प्रोडक्ट को मंगाते हो उसको ट्राई करते हो और अगर आपको नहीं भी अच्छा लगता है, तो आप वापस कर सकते हो है ना बहुत लोगों ने उसका बेनिफिट भी लिया होगा मेरे ख्याल से लाइक आपने कंपनी ने ये ऑफर दिया हुआ है कि आप आराम से प्रोडक्ट मंगाओ उसके बाद उसको घर में पहनो ट्राई करो और अगर अच्छा लगता है तो बढ़िया रखे रहो और अगर नहीं रहता तो आप वापस कर दो एक्सचेंज कर लो जिसकी वजह से ये कस्टमर को बहुत ज्यादा अच्छा लगा और उसके वजह से उनका जो प्रेफरेंस था वो मिंत्रा के ऊपर और बढ़ और उसका जो ग्राफ था सेल का वो भी और बढ़ गया सातवी चीज मिंत्रा हैज पार्टनर विद द टेक्सटाइल मिनिस्ट्री टू प्रमोट हैंडलूम इंडस्ट्री राइट right, ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि जो छोटे-छोटे कलाकार है, छोटे -छोटे हैं, हैं, हैं right? so, तो है है, टेक्सटाइल के साथ ताकि हैंडलूम इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले आठवीं चीज और ये लास्ट है मुकेश बंसल और इनके साथ दो लोग और जिन्होंने मिंत्रा कंपनी को स्टार्ट किया और अगर तो इनकी स्टडीज़ के बारे में बात करें इन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन कहाँ से करी तो इन्होंने आईआईटी कानपुर के साथ अपनी स्टडीज कम्प्लीट करी तो ये बहुत अच्छी बात है बड़ा अच्छा लगा सुन के कि कानपुर से इतने सारे लोग इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं तो बढ़िया है एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें एंड जितने भी आपके फ्रेंड्स मिंत्रा यूज करते हैं उन सबको शेयर करूँ ताकि उनको भी पता चले ये सब के बारे में एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहें प्यार करते रहें होप यू लाइक इट एंड गुड लक